सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल टेक्निकल सो दोस्तों आज की मैप मैं मैं को बताऊंगा कि आप यूट्यूब की प्रोफाइल फोटो कैसे चेंज कर सकते हैं तो लेट सो so, दोस्तों आपको सबसे पहले अपना यूट्यूब ओपन कर देना है यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको ये दिख रहा होगा मैंने जी यू गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है फिर ये थोड़ी सी लोडिंग मिलेगा फिर आपको सेट प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करना है फिर आपको जो टेक फोटो है तो आपको टेक फोटो कर लेनी है जो आपको फोटो खींचनी है तो खींच लीजिए मुझे फोटो चूज़ करनी है तो मैं चूज़ कर लेता so, मैं लूंगा मैं ये ले लेता हूँ सो so, दोस्तों आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा आपको यहाँ पे कट कर देना है और फिर आप दो, दोस्तों देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल फोटो चेंज हो चुकी है दोस्तों बस आज की वीडियो में बस लिए बाय बाय